कृपया ध्यान दीजिए क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता क्या आपका बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता रहता है क्या आपका बच्चा टीवी वी अथवा कार्टून देखता रहता है क्या आपका बच्चा सभ्यता और संस्कार नहीं सीख पा रहा और क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर कामचोर तथा लापरवाह है तो अब घबराए नहीं क्योंकि आपके अपनी कोच में इसका सलूशन है बीवीएन इंग्लिश एकेडमी में जी हाँ बीवीएन इंग्लिश एकेडमी जो लगातार दस वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित ब्रह्मा देवी लोक कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं क्लास प्ले ग्रुप ऐसी क्लास एट तक के बच्चों के लिए वो भी बिल्कुल निःशुल्क जी हाँ एडमिशन बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं सूरज की सुबह हुई है चिड़िया देखो गा रही है देर न कर जाना है स्कूल आई लव माई स्कूल आई लव माई स्कूल आई लव माई स्कूल आई लव माई स्कूल कोली भवन राधा बल्लभ मंदिर के पास लाजपत नगर कोंच में लोकेटेड बीवीएन इंग्लिश एकेडमी है आपके अपने क्षेत्र का एक अनोखा और आधुनिक तरीके से खेल खेल में आपके बच्चों को एजुकेट करने वाला और बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ हमारे क्वालिफाइड टीचर खेल खेल में आपके बच्चों को देते हैं कम्प्लीट एजुकेशन साथ ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे डांस एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ग्रुप डिस्कशंस, मोटिवेशनल स्पीचेस और कई अन्य प्रकार की प्लेइंग एक्टिविटीज द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास यानी पढ़ाई भी खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराए पीवीएन इंग्लिश अकेडमी में एडमिशन के लिए कॉल करे मोबाइल नंबर नाइन वन थ्री एवं एट थ्री वन एट वन फोर सिक्स वन सेवन एट अगर आप भी अपने बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़वाना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन कराएं बी इंग्लिश एकेडमी कोच में जो सभ्यता संस्कार शिक्षा तथा अनुशासन सिखाने वाला शहर का एकमात्र स्कूल है हमारा पता है कोहली भवन राधा बल्लभ मंदिर के पास लाजपत नगर कोच जोनी जॉनी <laughs> यदि आपका बच्चा आपसे गुड नाइट बोलकर नहीं सोता है सुबह उठ सभी से गुड मॉर्निंग नहीं बोलता या बच्चा स्कूल जाते समय आपके पैर छूकर नहीं जाता है आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है सभ्यता से बात नहीं करता तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन बीवीएन इंग्लिश अकेडमी में करवाएं। वो भी बिल्कुल मुफ क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, बच्चे की नींव मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में बच्चा मजबूती के साथ आगे बढ़ सके तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं बी इंग्लिश एकेडमी में क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपके बच्चों को अनुशासन सिखाना है सभ्यता संस्कार सिखाना है अच्छी सी अच्छी शिक्षा देना है तो अब वह जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों का एडमिशन बी बी एन इंग्लिश अकेडमी में कराएंगे एडमिशन की एक हफ्ते के पश्चात ही आपको अपने बच्चे में बेहतर अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे आपके बच्चे की किसी भी प्रकार के शिकायत होने आरोप आप तत्काल स्कूल के नंबर पर घर बैठे ही बच्चे की शिकायत नोट कराएं और तत्काल इसका रिजल्ट पाएं क्योंकि आज का अनुशासन भविष्य की सफलता है एडमिशन के लिए कॉल करें मोबाइल नंबर नाइन फोर फाइव फोर जीरो टू थ्री वन एट थ्री एवं एट थ्री वन एट वन फोर सिक्स वन सेवन एट बीवीएन English Academy में आपको मिलता है सभी मॉडर्न सुविधाओं यो कोरोना वायरस ऐसी कम्प्लीटली सेफ फुल्ली सैनिटाइज कैंपस बच्चों के सुरक्षित आने जाने के लिए एक्सिलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम्प्यूटर लैब स्मार्ट क्लासेस, प्योर आरो ड्रिंकिंग वाटर सीसीटीवी सर्विलेंस और सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा सुरक्षित बी इंग्लिश एकेडमी है आपके अपने क्षेत्र का सबसे रिलायबल और सबसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं बीवीएन इंग्लिश एकेडमी में एडमिशन के लिए कॉल करें मोबाइल नंबर 9454023183 एवं 8318146178 अगर आप भी अपने बच्चों की मोबाइल की आदत छोड़वाना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन कराए बीवीएन इंग्लिश अकेडमी कोच में जो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 इंग्लिश अकेडमी कोच की कुछ अन्य विशेषताए जैसे हाईली क्वालिफाइड और मोस्ट केयरिंग टीचर्स का टीचिंग स्टाफ जो रखते हैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल कंप्यूटर एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान सीमित संख्या में विद्यार्थी मात्र 200 सीटें प्रत्येक छात्र की हर एक गतिविधि आरोप पूरा नजर स्मार्ट क्लासेस ऑडियो विजुअल लैब Play and learn with analytical teaching. छोटे बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल केयर टेकर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिससे आपके बच्चे खुद एक्टिविटीज करके सीखते हैं स्कूल में ही लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब सुनो घंटी बची स्कूल चलो स्कूल तुम तो पुकारे में हम ख्याल रखते हैं बच्चों की पढ़ाई खेल और रुचि में उचित संतुलन बरकरार रखने का इसीलिए समय समय पर कल्चरल प्रोग्राम म्यूजिक एंड डांस क्लासेस क्रिएटिव आर्ट एंड साइंस प्रोजेक्ट क्रिकेट वॉलीबॉल बैडमिंटन एथलेटिक्स गेम्स सभी प्रकार के इंडोर आउटडोर गेम्स जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता इतनी सुविधाएँ इतना समर्पण और कहा तो आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन कराएं। बी बी एन इंग्लिश अकेडमी में एडमिशन के लिए कॉल करें मोबाइल नंबर 9454023183 एवं एट अगर आप भी अपने बच्चों की मोबाइल की आदत छोड़वाना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन कराएं बी बी एन इंग्लिश अकेडमी कोच में जो सभ्यता संस्कार शिक्षा तथा अनुशासन सिखाने वाला शहर का एक स्कूल है हमारा पता है कोहली भवन राधा बल्लभ मंदिर के पास लाजपत नगर कुछ